नमस्कार साथियों आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर बहुत बड़ा फैसला सुनाया है चुनाव आयोग ने आयोग की नियुक्ति पर बहुत बड़ा फैसला सुनाया है जस्टिस जोसफ ने कहा है कि चुनाव आयोग में अब आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे लेकिन उसका चुनाव प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता चीफ जस्टिस की सम्मिलित कमेटी करेगी यानी ये तीनों मिल करके आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में आयोग की नियुक्तियाँ करेंगे यानी आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या कहें चुनाव आयोग को और ज्यादा पारदर्शी बनाया जाएगा और लोगों में विश्वास कायम किया जाएगा